नमस्कार, मेरा नाम है। राजकीय में सहायक अध्यापक के कार्य हूँ उस वर्ग को करते हुए पार्ट टाइम में में सिस्टम में काम कर रहा हूं। जिस दिन से लगाया आज तक कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं कितने भी लोगों ने मना किया जी लेकिन कभी किसी ने आज तक डी मोटिवेट पवार राहुल टी ग्रेट ग्रेट ग्रेट लीडर हैं बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत का बहुत बहुत बड़े बड़े दूसरे जी मास्टर साहब भी आदमी अच्छा आपको को भी साथ काम करने का मिला बहुत अच्छा बात और बोलना चाहता हूँ छोटी बात है बहुत बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट लीडर ये ये अब इनको कौन रोक पाएगा बताइए मतलब की की अंदर लीडरशिप यही चीज आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा जय जी प्रणाम नमस्कार नाम मैं है और मैशिक विभाग में कार्य तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ महा जी सीखने में कोई कमी नहीं है जहाँ भी ट्रेडिंग मीटिंग होती है यहाँ जीवन में बहुत बड़ा काम करने आया है तो कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ कहा जाता है की धन के बाद धन्यता जहाँ शुरू होती है तो जो सारी विपत्तियां हैं समस्याएं है उसको जीवन में बहुत बड़ा काम करना है गुरुदेव और यहाँ सभी लीडर्स बैठे हैं हमारे दो हजार बिजनेस, बिजनेस गुरुदेव हम जो है इस बीक भेजेंगे गुरुदेव सिस्टम और अप्लाइन को पूरी तरह फॉलो करते हुए कई जीरो में बिजनेस बड़ा का मैं, मैं भी बेसिक शिक्षा में जूनियर हेडमा हूं गुरुदेव जब से मैं ज्वाइन हुआ और आपका पहली दिशा में नैनीताल भी लिया उसी दिन मुझे यह लगा कि मैं सही जगह